99% लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज के बारे में पता है लेकिन 1% वो लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता डेट वो 1% में से एक आप भी हो सकते हो मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट सीख लेते हैं उस, उसके हम लोग वो कैब सीख लेते हैं सेंटेंसिस बनाना सीख लेते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है हम लोग ड्रामे देख लेते हैं मूवीज देख लेते हैं इंग्लिश की सब में हर हरबा बना देख लेते हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस चीज़ के बारे में लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आई पी ए अब आप लोग सोचकर हैरान हो गए हो भी इंग्लिश के अंदर आई पी ए क्या है इसका मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबैट नहीं पता था ना आपको अब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होते हैं इस चीज़ को समझते हैं तो भाई देखो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है फोनेटिक ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग गूगल कर लेना आपको पता चल जाएगा दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं ना उनके लिए एक बेहतरीन और आसानी के लिए ये बनाया गया कि लोग आसानी से कोई भी लैंग्वेज सीख सकें मतलब जो हुमेन्सान वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकें तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स फाइन किया क्योंकि अभी आपको मैंने बता तो दिया कि वो वन परसेंट आप भी लोग हो सकते हो तो उन लोगों के लिए एक कोर्स भी तो होना चाहिए और ये कोर्स बिल्कुल फ्री में है मैंने नहीं लॉन्च किया बल्कि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है हम हम लोगों का काम क्या होता है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स बताना जो आपको अपनी लाइफ के अंदर हेल्प करेगा ग्रोथ में तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरा नाम है जैनोवान तो सबसे पहले समझते हैं कि इस आई पी ए को सीखना ज़रूरी क्यों है क्योंकि हम लोग इंग्लिश के अंदर हर उस चीज़ को या किसी भी लैंग्वेज के हर उस चीज़ को हर हरबे को बना लेते हैं हर वो चीज़ सीख लेते हैं एक एक अंग सीख लेते हैं लेकिन हमारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग ये चीज़ नहीं सीखते हैं अब आई क्यों ज़रूरी है सबसे पहले इसको इस चीज़ को समझते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इस चीज़ को सीखना या इस चीज़ को करना या इस कोर्स को करना ताकि आप लोग आसानी से लैंग्वेज सीख सकें तो भाई ये एक इंटरनेशनल मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया और ये आपको हेल्प करेगा स्पीकिंग में क्योंकि इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है और पढ़ने और, पढ़ने में वो कुछ और होते हैं जैसे हमारे है पास एक वर्ल्ड है बिजी बिजी आप लोग इसे अगर आप लोग इसे इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे वर्ल्ड के अंदर जैसे बी यू एस वाई बीजी कुछ इसे बूजी कहेंगे कुछ इसे बोजी कहेंगे असल ये वर्ल्ड है बिजी अब ये बिजी लफ्ज कैसे बन गया जैसे लाफ्टर अब हम लोग इसे पढ़ते हैं लाफ्टर हालांकि इसमें इसका जो बोलने का मीनिंग है ना इंग्लिश के अंदर वो और है तो हमें एक नेटिव बनना है या एक नेटिव की तरह इंग्लिश में बात करें तो कैसे करें अगर आप, आप लोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाइनीज होते हैं अगर आप लोग रिसेंटली देखो तो चाइनीज काफी ज्यादा फेमस है पाकिस्तान के अंदर और बाकी इंग्रेज देखो तो उनकी इन्फ्लुंसी काफ़ी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता है इस इंटरनेशनल लॉ के बारे में जो कोर्स बनाया गया है अल्फाबेट्स का किसी भी लैंग्वेज के लिए आई इन इंग्लिश फुल कोर्स तो ये वाली वीडियोस आपके सामने आएंगी तो ये एक उर्दू में है मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी हाँ लर्न विद खान आप लोग देख सकते हो इसको अगर उर्दू में सीखना चाहते हो लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत समझ लेते हो मेरी तरह तो आपको ये एक कोर्स है ऑक्सफर्ड ऑनलाइन इंग्लिश ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ा रहे हैं ये देख सकते हो लेकिन जो मेरी प्रेफरेंस है जो मैंने फाइंड किया है आप लोगों के लिए ये कोर्स ये दो कोर्स है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मास्टर कोर्स एक ये कोर्स है uh, 37 वीडियोस वीडियोज़ हैं इसके अंदर और एक है 62 वीडियोस जो मेरी मोस्ट रिकमेंडेशन है ना uh, जो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक देखी है वो है प्रोनाउंसिएशन एंड बाय द इंग्लिश लैंगवेज क्लब ये वीडियोज़ या ये प्ले ये कोर्स आपको देखना चाहिए क्योंकि यूट्यूब फ्री है तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चोइस होती हैं लेकिन उनमें से जो बेस्ट चॉइस मैंने आप लोगों के लिए बताई वो यही है आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें अगर आप डिटेल में चीज़ों को सीखना चाहते हो डिटेल में समझना चाहते हो इसके बाद हमारे पास आए अमेरिकन इंग्लिश फोनेटिक लसेंस यहाँ अगर आप अमेरिकन बेस्ड इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी इसलिए मेरी जो मोस्ट रिकमेंडेशन वो यही कोर्स है ये दूसरे नंबर वाला नीचे भी आपके पास द साउंड ऑफ इंग्लिश येस आपको इस चीज़ के बारे में भी बताना चाहिए बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ये एक ऐप भी है लेकिन इसके जो द साउंड ऑफ इंग्लिश है नई चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट साउंडस के ऊपर एक वीडियो है एक प्ले है तो सबसे पहले आप लोग कोई एक कोर्स कर लें इन दोनों में से एंड सेकंड बात इसके बाद आप लोगों ने ये सिर्फ लिसन करना है क्योंकि अगर आप लोग बाकी देखते हो वो भी ठीक है लाइक इंग्लिश मूवी देख लेना या आजकल के ज़माने में पॉडकास्ट देख लेना इंग्लिश के किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में लाइक like जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगा लगे तो वो देख सकते हो नहीं तो ये बेहतरीन है लेंगे इसका मुझे इतना नहीं पता मैं पहले से आपको बता रहा हूँ हाँ बाकी नीचे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है ज़्यादा वीडियोज़ जो टॉप रेट थी वो ऊपर ही आती हैं क्योंकि यूट्यूब का जो रेकमेंडेशन या जो सर्च एल्गोरिथम है ना वो रेलिवेंसी को देखता है तो जो मोस्ट में बेहतरीन कंटेंट दे पाता है अपने एल्गोरिथम्स की मदद से तो यस आप इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो इंग्लिश को और एक बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हो या खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि शुरू शुरू के अंदर जब फंड्स इकट्ठे करना होते हैं किसी बिज़नेस के लिए तो इन्वेस्टर्स को राज़ी करना पड़ता है और ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अमेरिकन बेस्ड या बाहर की कंट्रीज़ के होते हैं और उस, उसके लिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है